सिंगरौली में अमृत नल जल योजना के तहत होने वाली पानी की सप्लाई दो दिन से बंद पड़ी है सिंगरौली के मोरबा क्षेत्र में एनसीएल द्वारा कराए जा रहे कार्य के कारण, कारण अमृत नल जल योजना का पाइप फट गया जिस वजह से विभिन्न वार्डो की पानी सप्लाई बंद हो गयी वार्डवासी पानी के लिए परेशान हो रहे हैं इस मसले पर एन एस थर्टी रोड निर्माण तिरुपति बिल्डकॉन के लाइनिंग मैनेजर भूपति द्विवेदी ने बताया कि नगर निगम द्वारा जो अमृत जलनल योजना के तहत पाइपलाइन डाली गई है वो रोड सीमा के अंदर है जिस वजह से रोड निर्माण में काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही है अतः हम उम्मीद करते हैं कि नगर निगम अमृत नलजल योजना की पाइपलाइन निर्माणाधीन रोड की सीमा के बाहर लगाएगा पानी तो कल शाम छह बजे तक प्रभावित तो तो हो रहा है पानी अभी बनाने में लगे हुए हैं हो सकता है दो घंटे में बन जाए रोड निर्माण भी एक भारत सरकार की बहुत प्रतीक्षित योजना है और खासकर मोरवा में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारा डब्ल्यू एरिया के अंदर पाइपलाइन नगर निगम की लगी हुई है जिसको या तो इसे शिफ्ट करना होगा तभी हम रोड का, तो का काम कर पाएंगे अन्यथा यह तो रोड का काम प्रभावित होगा या फिर आपकी जल प्रवाह का काम प्रभावित होगा वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें